लेके वीडियो। वीडियो तो रोहित कुमारे रुपयापुर ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम ऐसी ही ट्रिप्स और तो ट्रिक वीडियो लेके आते रहते हैं जिससे आपके लिए बहुत सा फायदा हो दोस्त आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो श्रेमिक कार्ड होता है उसको फ्री में कैसे रिनूवल करते हैं बहुत से यानी कि अपना अंशदान कैसे जमा करते हैं कि अपना रिनोवल कैसे करते हैं अपने उसमें फ्री कैसे जमा करते हैं तो इससे आपके लिए जो भी काम होगा हम आपके टोटली आज हम बताएंगे कि आपका फ्री में श्रेमिक कार्ड कैसे रिनूवल होता है वो भी वन ईयर्स के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल अभी लॉन्च किया है जल्दी में जिससे आप एक साल के लिए अपना श्रेमिक कार्ड फ्री में रिनूवल कर सकते हैं तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ मैं अपने लैपटॉप में आपके लिए बताऊंगा कि किस तरह से सभी कार्ड करते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की स्क्रीन की तरफ तो मैं अपना इसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं जिस प्रकार से मैं इसमें कर रहा हूं, उसी प्रकार से हम मोबाइल में भी कर सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ा भेदभाव नहीं है तो मैं अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद इसमें आपके लिए सर्च करना है यूपी बकाओ आपको सभी को पता होगा यूपी बगाओ एक सिरमिकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है इसमें आप सभी लोग जाके यहाँ पे उत्तर प्रदेश भवन पे, पे क्लिक करना है आपके लिए क्लिक करने के बाद आपका ये जो पोर्टल होता है वो पोर्टल पूरा लॉन्च यानी खुल जाता है इसमें सभी तरह से सब कुछ दिया हुआ होता है हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहीं पर भी नहीं जाना है सिरमिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और इसमें आता है नवीनीकरण की स्थिति इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि के सिरमिक नवीनीकरण की जानकारी यहाँ पे जानकारी भी देख भी सकते हैं कितना रिनोवल है और रिनोवल भी कर भी सकते हैं तो इसमें जल्दी से मैं अपना क्या करता हूँ कार्ड नंबर डाल देता हूँ इसमें मैंने अपना सर्मिंग कार्ड नंबर डाल दिया और यहाँ पे हम करते हैं सर्च इसी प्रकार से मोबाइल में भी सेम ऑप्शन खुलता है इसमें इनका दिखा रहा है इनका नाम जो भी है ठीक है यहाँ पे दिखा रहा है कि 18 सात दो तक ये रिनोवल था अब मुझे यहाँ पे फ्री में एक साल के लिए कैसे रिनूवल करना है वो आपके लिए बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कहता नवीनीकरण करें नवीनीकरण पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर आधार नंबर आई कोड वगैरह सब टोटल दिख जाता है अब मुझे क्या करना है यहाँ पे दिखाता है कि नवीनीकरण की स्थिति इस पर क्लिक करने वाले यहाँ पे कहता है वन ईयर्स के लिए मतलब एक साल के लिए गवर्नमेंट फ्री में रिनूवल करके दे रही है ये देखो आ रहा है यहाँ पे कहता है 18 सात 2021 हज़ार यहाँ पे हो गया 18 साल 2022 तक मतलब एक साल के लिए जमा हो जाता है अब देखो इसमें कैसे उसको हम जमा करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है नवीनीकरण जमा करें नवीनीकरण जमा करने पर क्लिक करते हैं और क्या कर नवीनीकरण सफलतापूर्वक जमा की गई है अभी हमारा नवीनीकरण एक साल के लिए क्या हो गया रिनूवल हो गया है देखो यहाँ पे छप भी आ गया है कि 18 सात दो हज़ार बाईस तक आपका ये हो चुका है तो सरकार ने अभी जल्द ही दो चार दिन ही हुए अभी इसको पोर्टल के लिए लॉन्च किया है और ये सुविधा चालू कर दी मगर हालांकि सुविधा पहले भी थी मगर ये चालू नहीं थी तो अभी दो दिन पहले ये सुविधा चालू करी है तो आप जल्दी से जल्दी अपना सिर्म कार्ड जल्दी से सभी लोग अपना एक साल के लिए रिनूवल कर लें देर ना करें वरना ये सुविधा बंद भी हो जाती है पहले नहीं चालू थी मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि आप लोग फ्री में अपना सिर्मी कार्ड रिनूवल कर सकते हैं और कर सकें इसलिए आप जिसके पास मोबाइल है एंटर मोबाइल है आप एंड्रॉड मोबाइल से कर लें जिसके पास एंड्रॉड मोबाइल नहीं है तो मोबाइल से नहीं लैपटॉप से करा लें अपने आप ही करेंगे जनसेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है फीस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने यह फ्री में कर रही है तो दोस्तों मैं अब विदा लेता हूँ जय हिंद जय दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें क्योंकि ये हमने इतनी अच्छी खुशी की और जानकारी वीडियो दी है ठीक है जय हिंद दोस्तों